शासकीय कर्मचारियों को धमकी देने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की धमकियों में दम नहीं रहा कर्मचारी और किसान इनके धोखे को जानते हैं और उन्हें पता है कि इनकी सरकार नहीं आने वाली है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासकीय कर्मचारियों को चक्की पिसवाने वाले बयान आरोप गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा की कांग्रेस की धमकियों से अब कोई नहीं डरने वाला उन्होंने ऐसी धमकी उपचुनाव के वक्त भी दी थी उन्होंने कहा था पंद्रह अगस्त को झंडा हम फहराएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ प्रदेश के युवा किसान और कर्मचारी सब कांग्रेस के धोखे को जानते हैं और उन्हें पता है कि कांग्रेस की सरकार अब नहीं आने वाली है वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर मिश्रा ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है और यह खुशी की बात है अब केंद्रीय कांग्रेस को इस पर अपनी स्पष्ट राय देनी चाहिए की कांग्रेस समान नागरिक संहिता के पक्ष में है या उसके खिलाफ हमारी पार्टी की तो जो गुजरात सरकार थी और सरकार थी दोनों ने स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अब मोहर भी लगभग लगा दी